सब्सक्राइब कीजिए बर चैनल को और दबाइएकन कोसीन सा जीता गाली ला गू छोरी घनी हसीन सा तिरझल डे मजनू एक पुज गैल मेरा सहीन से तिरझल डे मजनू एक पुज गल मेरा सहीन